असफल असफल दस रथ दशरथ म ख मल मखमल कट हटहल ह हा रक तरकत प रवल ल परवल पा पन घट पन्घट क रव टवट अ फ अप्सर च म चम्मच अरहर अरहर खट पट खट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासिक शिक्षा में तो दोस्तों आज के इस वाले क्लास में हम सीखेंगे चार अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्दों को पढ़ना और लिखना तो अगर आपको चार अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्दों को पढ़ना और लिखना नहीं आता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से उच्चारण के साथ एक एक करके मैं आपको चार अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं न्यू क्लास को लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं ह रम असफल द स रशरथ म ख म ल मखमल क ट हटहल दसहत ह रक तरकत प रवल परवल पन घट पनघटट क रवट करवट र प ट अफ सर अफ्सर च म चम्मच अरह ररहर खटपट म तलब मतलब ज ग म ग जग्म थ र थर्मस अम रमरस जन जन जनजन ब र ग बरगद जा म घ म जमघम न ट नटखट भ ग भगवन द हसत अज गजगर उल जन उलजन जल चलचर अव स र रवसर डक डटकर अजह रजहर स म तल समतल च प ट चटपट त रक स तर्कस झ प झटपट म ज हजहर उलझन त म त म तमतम गप गपसप म ल म ल मल मलमल न च रभचर अच न कचनक स र बर्बत ब च प न बचपन ल ग भ लगभग तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं न्यू क्लास को लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल से धन्यवाद